सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है यूपीएससी ड्रीम है इकलौता मेरा इसलिए तो कोई खास नहीं होता मेरा अगर दिल टूटने से यूपीएससी निकल जाता ना साहब तो गली का हर आसिकाज आई एस होता फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच में कोई भी न आ सके हम यूपीएससी वाले हैं साहब टूटते हैं उठते हैं लड़ते हैं हारते हैं और फिर भी जीत जाते हैं अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो लोगों की बातों पर नहीं किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है बैठकर सोचते रहने से नहीं